नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सपने और हकीकत में आज हम बात करेंगे सपने में नारियल देखना सपने में नारियल आपको किस अवस्था में दिखाई देता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर अवस्था अपना एक अलग पहल अलग परिणाम देती है तो चलिए कुछ अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं सपने में नारियल को फोड़ना यदि आप सपने में नारियल को फोड़ रहे हैं और आप आसानी से नारियल को फोड़ लेते हैं तो यह है एक अच्छा सपना है क्योंकि यह सपना दिखाता है कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए आप आसानी से उसका हल निकाल लेंगे और यदि आप सपने में नारियल को फोड़ रहे हैं और उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं से लड़ने में आप थोड़े से कम सक्षम हैं आप हिम्मत चाहते हैं और भगवान आपको नारियल के ज़रिए अपना आशीर्वाद ही दिखा रहे हैं कि आप लगे रहिए हिम्मत दिखाइए आपका हर कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा हिम्मत मत हारीए सपने में नारियल खाना यदि आप सपने में नारियल खा रहे हो और वह कच्चा नारियल है तो यह आपको बहुत सारा धन लाभ करवाएगा यह सपना इसी बात का सूचक है कि जो भी कार्य आप कर रहे हो आपको जल्द ही उसमें लाभ होगा भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है सपने में नारियल के पेड़ देखना सपने में नारियल के पेड़ यदि आपको दिखाई दे रहे हैं और सपने में आप नारियल के पेड़ पर चढ़ रहे हैं लेकिन आप नारियल के पेड़ पर जो कांटे बने हुए होते हैं जिसके सहारे अक्सर नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले चढ़ते हैं यदि आप उनके सहारे नारियल के पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छा सपना नहीं है यह दिखाता है कि आपको आने वाले समय में कोई कष्ट हो सकता है लेकिन यदि आप सीधा ही नारियल के पेड़ पर चढ़ रहे हैं या फिर आपको नारियल के पेड़ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जिस पर बहुत सारे नारियल लगे हुए हैं तो यह है एक अच्छा सपना है यह आपके घर में सुख शांति आने का प्रतीक है आपको धन लाभ करवाने का प्रतीक है और सपने में नारियल पानी पीना यदि आप सपने में नारियल पानी पीते हैं तो यह बताता है कि यदि आपको सेहत से संबंधित कोई भी समस्या है तो आने वाले समय में जल्द ही आपको उससे छुटकारा मिलेगा आपकी सेहत एकदम से अच्छी हो जाएगी सपने में नारियल खरीदना यदि आप सपने में नारियल खरीद रहे हो तो यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं लेकिन वो एक अच्छे कार्य पर खर्च होंगे हो सकता है किसी धार्मिक कार्य पर खर्च हो। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है खर्चा है लेकिन अच्छे कार्य के लिए है और सपने में यदि नारियल का पेड़ या फिर कच्चा नारियल या फिर सूखा हुआ नारियल कोई गर्भवती स्त्री देखती है तो इसका अर्थ ये है कि उसे आने वाले समय में पुत्र की प्राप्ति होगी और उसका पुत्र बहुत ही गुणवान और भाग्यशाली होगा किसी धार्मिक स्थान पर नारियल को देखना चाहे चढ़ते हुए देखें चाहे प्रसाद के रूप में देखें चाहे फिर वो आप धार्मिक स्थान पर जैसे कि किसी मंदिर में नारियल को फोड़ फोड़ें खुद या फिर फूटता हुआ देखें तो यह एक बहुत ही शुभ सपना है यह दर्शाता है कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी ढेर सारा धन लाभ आपको हो सकता है कुल मिला कर एक बहुत ही उत्तम सपना है और सपने में सूखा नारियल देखना यदि आप सपने में सूखा नारियल देखते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूखा नारियल हम हमेशा प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं मंदिर में हम हमेशा सूखा नारियल चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत शुभ सपना है ये दर्शाता है कि आपके घर में आने वाले समय में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है आप धार्मिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और यह सपना आपको बहुत ही शुभ फल देगा आपके घर में सुख शांति आने वाली है खुशियाँ आने वाली हैं कहीं से आपको बहुत ही कोई खुशखबरी मिल सकती है यह इस बात को दर्शाता है सपने में यदि आप सूखे नारियल के जटाओं को छीलते हुए खुद को देखते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ सपना है ये भी आपके घर में खुशियाँ आने का प्रतीक है आपको जल्द ही कहीं ना कहीं से अच्छी खबर मिल सकती है आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है सूखे हुए नारियल की जटाएं छीनने का अर्थ यही है कि आप अपने कार्यों को बड़ी लगन से करते हैं मेहनती हैं दृढ़ निश्चय वाले हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें धन्यवाद